आजकल के बढ़ते वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारी जिंदगी की रफ्तार दोगुनी कर दी है जिसके कारण हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रख पाते व तरह तरह की समस्याओं से उलझे रहते हैं आजकल युवाओं को ब्रह्मचर्य की तरफ आता देख लगता है कि अब हालातों में सुधार हो सकते हैं पहले के समय में तो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी वह पच्चीस सालों तक ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिया जाता था परंतु आजकल तो गुरुओं को इस बात की जरा भी खबर नहीं है कि उनका शिष्य किस जाल में फंसता जा रहा है आजकल सिर्फ पैसे के लिए ज्ञान दिया जाता है अगर इसे ज्ञान का व्यापार कहें तो अनुचित नहीं है आजकल स्कूलों में पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला है जहाँ उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ उन्हें बेकार के ज्ञान से भरा जा रहा है जो न तो विद्यार्थियों के जीवन में आगे कुछ काम आता है न उनके जीवन में आने वाली मुसीबतों से लड़ने में उन्हें सिर्फ नौकर बनने की शिक्षा दी जाती है लेकिन इस विषय पर हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है सन्यासी ब्रह्मचर्य व गृहस्थ ब्रह्मचर्य सन्यासी ब्रह्मचर्य में व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रहता है वह 25 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह आदि नहीं करवाता अगर किसी को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो उसे मोह माया के जाल से निकलना पड़ता है वह भोग विलास पूरी तरह त्यागना पड़ता है जबकि गृहस्थ ब्रह्मचर्य में व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है वह विवाह करता है परंतु वीर का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही करता है न कि अपने निजी आनंद के लिए ब्रह्मचर्य पालन का प्रथम कदम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर गहरी नींद में जाने लगता है जिसके कारण स्वप्न दोष जैसी समस्याएं आने लगती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले हमें मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए क्योंकि पूरी रात सोने की वजह से ये चीज़ें शरीर में इकट्ठा हो जाती है जिसके कारण शरीर में गर्मी बढ़ती है वह अधिक गर्मी वासना के रूप में बदल जाती है जो कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकती है अगर आपको उठते ही मल त्यागने में समस्या हो तो आप उठकर दो गिलास गुनगुना पानी पी लें व कम से कम दस मिनट टहल लें अगर आपको कब्ज की समस्या हो तो पानी पीना आवश्यक है क्योंकि कब्ज से भी शरीर में अतिरिक्त गर्मी बढ़ती है इसके बाद आपको इतना व्यायाम करना चाहिए कि आपका शरीर एक बार पसीने से पूरी तरह नहा लें इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम है सूर्य नमस्कार आपको इसे आसन की तरह धीरे धीरे नहीं करना है बल्कि तेज या मध्यम गति में करना है इसके बाद गुनगुने पानी से नहा लेना चाहिए अब बात करते हैं खाने की आपके खाने में गर्मी बढ़ाने वाले या तमसिक खाद्य पदार्थ नहीं होने चाहिए जैसे प्याज लहसुन मांस अंडे इत्यादि क्योंकि इनसे शरीर में अतिरिक्त गर्मी बढ़ती है इसके अलावा आपको फलों का सेवन अधिक करना चाहिए क्योंकि फलों से हमारे शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती है वह जरूरी विटामिन भी मिलते हैं तथा ये पाचन में भी आसान होते हैं इसके अलावा आपको शाम का भोजन सूरज ढलने तक कर लेना चाहिए वह सोने से तीन घंटे पहले शाम का भोजन कर लेना चाहिए अगर आपको रात्रि में भूख लगे तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं दोस्तों ऊपर बताए गए सभी तरीकों का अगर रोजाना पालन किया जाए तो ब्रह्मचर्य जीवन सरल बन जाता है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद